चैनल को सब्सक्राइब कर कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज कौन सी है तो आप इसका क्या जवाब देंगे मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज इस समय है आज मैं जो कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बदले में मैं अपने जीवन का एक दिन दे रहा हूँ एक मिनट दे रहा हूँ क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा है इसलिए उपलब्धि भी बड़ी होनी चाहिए समय किसी को क्षमा नहीं करता समय हर किसी को चाहे आप राष्ट्रपति हो चाहे आप वकील हो चाहे नेता हो आप चाहे जो हो चाहे डॉक्टर हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो समय हर किसी के साथ न्याय करता है समय हर किसी को बराबर मिला हुआ है एक दिन में चौदह मिनट हर किसी को मिलता है ऐसा नहीं है कि किसी अमीर को ये मिनट ज़्यादा मिले किसी गरीब को कम मिले किसी कमजोर को ज़्यादा मिले किसी शक्तिशाली को कम मिले किसी नाटकत के व्यक्ति को ज़्यादा मिल रहा है और किसी लंबे को कम ऐसा कुछ नहीं है हर किसी को समय बराबर मिलता है समय किसी की परवाह नहीं करता समय किसी का इंतजार नहीं करता समय कि आपको कदर करनी चाहिए समय का आपको सम्मान करना चाहिए ये जीवन में आपको रोज हर रोज चौबीस माल वाहक ट्रक मिलते हैं जो कि आपको इस ईश्वर देता है अब तय यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको हीरे से भरते हैं या धूल से आप इसको सिक्कों से भरते हैं या डॉलरों से भरते हैं हर व्यक्ति को समय बराबर मिलता है समय की कद्र जो आदमी करता है वही आदमी जीवन में सफल होता है सफलता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है सफल होने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चीजें होती हैं सफल होने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कल्पना शक्ति अगर आपके पास समय है आप जिंदा हो तो आपको अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपके जीवन में एक कल्पना शक्ति होनी चाहिए कल्पना क्या होती है कल्पना वो होती है जो उन चीजों को साकार होते देखना जिन चीजों को अभी दुनिया ने देखा नहीं है प्रेरणा का क्या मतलब है मैं आप आपके सामने यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूं कि प्रेरणा क्या होती है प्रेरणा का मतलब यह होता है कि आपको समझने में ये मदद करना अगर आप किसी चीज को सोच सकते हो तो अगर आप उसको विश्वास कर सकते हो तो आप उसमें हासिल भी कर सकते हो प्रेरणा शब्द का मोटिव एक लैटिन शब्द है मैं मानता हूँ प्रेरणा को तीन हिस्सों में बांट देना चाहिए पहला हिस्सा होता है कल्पना करें कल्पना करने का मतलब ये होता है कि जिन उन चीजों को देखना जिन चीज़ों को अभी तक दुनिया देख नहीं पाई है अच्छा आपको ये लगता है कि जब जेम्स वाट वाल बनाना चाह रहा था कि मैं बल्ब बनाना चाहता हूँ तो क्या लोगों ने यकीन कर लिया था क्या लोगों ने मान लिया था हाँ हाँ तू बल्ब बना लेगा सब ने यही कहा था कि पागल हो गया है हवाई जहाज बनाने वाले के बारे में जब उसने कहा कि मैं हवाई जहाज बनाना चाहता हूँ तो क्या दुनिया वालों ने ये मान लिया कि नहीं नहीं तो हवाई जहाज बना लेगा ऐसा जो भी आविष्कार होता है या कुछ भी चीजें बड़ी जीवन में होती हैं आदमी पहले उसको अपना सपना बनाना चाहता है सपना अगर आपके जीवन में नहीं है देखिए डॉक्टर बेंजामिन बेज ने कहा है कि दुर्भाग्य इस बात का नहीं है कि आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते दुर्भाग्य तो इस बात का है कि आपके पास कोई सपना ही नहीं होता दुखद ये नहीं है कि आप अपने सपनों के साथ मर जाते हो दुखद तो यह है कि आपके पास कोई सपने ही नहीं होते दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भा यह नहीं है कि आप अपने आदर्श को हासिल नहीं कर पाते दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि आपके पास हासिल करने को कोई आदर्श ही नहीं होता शर्मनाक ये नहीं है कि आप अपने सितारों तक तो नहीं पहुंच पाते शर्मनाथ तो यह है कि आपके पास पहुंचने के लिए कोई सितारे ही नहीं होते तो जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने जीवन में एक सपना बनाना ही होगा पड़ेगा अगर आपके पास सपना है तो उसके बाद बारी आती है कर्म करने की श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि विचारों के दर्भ में ही कर्म बोलते हैं सपने के बाद जब आप कर्म करोगे होता क्या है एक बार महात्मा गुप्त एक गांव में भाषण दे रहे थे भाषण देते देते रात में जब वो लो लोग रुके तो उनको प्यास लगी उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ पानी लेकर आओ शिष्य तुरंत चल दिया गांव की तरफ और थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखा कि गांव में एक ही नदी है छोटी नदी है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं कपड़े धो रहे हैं यहाँ तक कि कुछ लोग उसमें अपने जानवरों को भी नहला रहे हैं ने सोचा कि ये पानी पानी तो इतना गंदा है, ये पानी अगर हम गुरुदेव के लिए, के जाएंगे, तो ये पानी है गुरुदेव के लिए। वो शिष्य लौट आया कुछ शिष्य को लौटते हुए आता देख महात्मा बुद्ध जी ने अपने दूसरे शिष्य को भेजा कहा जाओ पानी लेकर आओ दूसरा शिष्य जाता है और कुछ देर बाद वो पानी लेकर आता है ऐसा हुआ देखकर जो पहला पानी लेने गया था वो तो, वो तो कहता है कि ये पानी तुम कहां से लेकर आए? जवाब देता है कि ये ये पानी तो मैं नदी से लेकर आया तो जो पहला शिष्य पानी लेने गया था वो बोलता है कि वो पानी तो बड़ा गंदा था तुम वो पानी कैसे ला सकते हो तो शिष्य जवाब देता है दूसरा होगा कि हाँ वो पानी गंदा था जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लोग वहां नहा रहे हैं स्नान कर रहे हैं कर लोग अपने जानवरों को अपने पशुओं को नहला रहे हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ देर हम बैठ जाते हैं वो बैठ जाए वो बैठ गया बताता है कि जब लोगों का काम खत्म हो गया जब सारे लोग वहाँ से चले गए तो कुछ देर बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद जो गंदगी थी जो मैल थी जो मिट्टी थी वो पानी के तली में बैठ गई और फिर मैं वो पानी जब साफ हो गया तब वो पानी लेकर आया रह इस दृष्टांत को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा मुस्कुराया और कहे सही है बुरा वक्त जब भी जीवन में बुरा वक्त आए तो आदमी को धैर्य के साथ काम करना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक चीजें एक चीज बुरी हो रही है तो उसकी वजह से आपके पूरे जीवन में ही आ जाएंगी ऐसा नहीं है आप होता क्या है एक चीज बुरी हो गई तो अक्सर लोग क्या होते हैं आंख बंद करके बैठ जाते हैं हाथ पैर सब काम करना छोड़ देते हैं कि अरे हमारा जीवन तो मेरे तो सब बुरा बुरा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है आपको धैर्य से काम लेना होगा और उस वक्त आपको उस समस्या को जो आपके सामने आई हुई है उसको गहनता से उसके ऊपर आकलन करना होगा उसको स्वीकार करना होगा कहते हैं कि जब समस्या हमारे सामने होती है तो समाधान भी हमारे सामने होता है बस आदमी के देखना होता है कि वो समाधान है क्या तो आज महात्मा बुद्ध की पूर्णिमा के अवसर पर हम आप लोगों को मोटिवेशन विम यूट्यूब चैनल के मध्यम से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध का एक उद्देश्य था कि जागो समय आगे बढ़ रहा है सही बात है समय आगे बढ़ रहा क्या आप आगे बढ़ रहे हैं यह समय अगर आपने बर्बाद कर दिया तो आपको जवाब देना होगा एक मिनट में अवस्था छुपी है कहते हैं कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती एक मिनट में ही जिंदगी बदलती है क्योंकि एक मिनट में ही आप निर्णय लेते हो और अपने जीवन की दिशा तय करते हो बाइबल में लिखा है कि जहा के लोग जहां के लोगों के पास भविष्य दृष्टि नहीं होती वहां के लोग नष्ट हो जाते हैं सही बात है अगर आपके पास भविध्य दृष्टि नहीं है आपके पास सपना नहीं है आपके पास कोई करने कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ काम ही नहीं करोगे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर आपने, अगर आपने आप सिर्फ विश्वास कर सकते हो तो हर चीज संभव है दुनिया में। लक्ष्य बनाने के बाद आप उसको उसमें विश्वास करिए कि मैं इसे हासिल कर सक, सक, सकता हूं होता क्या है कि कोई भी बढ़ने वाली चीज की शुरुआत एक बीच से होती है आप सपना यानी बीज अपने दिमाग में अपने दिल में बैठा लो उस बीज को बो दो गहराई में बो दो और उसके बाद जब भी आप कोई पौधा लगाते हो कोई बीज लगाते हो तो आप उसमें क्या करते हो पानी देते हो नियमित अंतराल पे तो यहाँ पर पानी देने का मतलब यह है कि हाँ आपको रोज ये विश्वास करना होगा ये कहना होगा कि हाँ मैं इसे हासिल कर सकता हूँ मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप अपने काम में सफल हो जाओगे